जय हिंद दोस्तों मैं फिर से मंटू मोरे आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ यदि आपका फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं फॉलोअर का ऑप्शन लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं हीरो जैसे एक्टर जैसे तो चलिए दोस्तों अपनी प्रोफाइल की ओर चलते हैं देखिए यहाँ पर एक भी फॉलोअर नहीं है क्योंकि फॉलो का ऑप्शन ऑन नहीं किया है देखिए यहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक आया है जो कि फॉलो नहीं हुआ है तो चलिए दोस्तों आप यहाँ देखते हैं कि कहाँ से फॉलोवर तो चलिए दोस्तों हम अप, अपनी प्रोफाइल पे आएँ और थ्री डॉट पे जाएंगे वहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से सेटिंग प्राइवेसी पे जाएंगे और यहाँ से भी फी, फिर सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद नीचे प्रेस करेंगे और जाएंगे फॉलोअर एंड पब्लिक कॉन्टेक्ट वहाँ लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे नीचे प्रेस करेंगे और वहाँ पब्लिक कर देंगे ऑप्शन को पब्लिक कर देंगे पब्लिक पे टिक लगाएँगे देखिए वहाँ पब्लिक हो गया और नीचे बच गया है जो पब्लिक नहीं हुआ उसे भी पब्लिक कर देंगे तो चलिए नीचे और पब्लिक कर देते हैं इसे भी पब्लिक कर दिए और नीचे भी जाएंगे यहाँ एवरी वन ठीक है और नीचे प्रेस करेंगे वहाँ भी एक और है पब्लिक कर देंगे और यहाँ कमेंट रिंग तो चलते हैं दोस्तों फिर बाइक चलते हैं और यहाँ से बाइक जाएंगे और देखेंगे दूसरी प्रोफाइल लॉगिन करके कि मेरा फॉलोअर का ऑप्शन ऑन हुआ है कि नहीं रिक्वेस्ट भेजकर तो चलते हैं दोस्तों अपनी दूसरी प्रोफाइल की ओर तो मेरा मंटू मौर्या के नाम से प्रोफाइल है तो वहाँ जाएंगे सर्च करेंगे जो प्रोफाइल नए बनाए हैं वो और वहाँ एड फेरन करेंगे तो देखिए दोस्तों ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए और देखिए वहाँ पे फॉलो बाई फॉलो एड बाई वन पर्सन आ गया और चलते हैं दोस्तों तो फिर लॉग इन करते हैं दूसरी प्रोफाइल जो नया अकाउंट बनाए हैं वो तो देखिए मेरा म्यूजिशियन वे कहें प्रोफाइल न्यू प्रोफाइल है म्यूजिशियन वे तो जाते हैं अपनी प्रोफाइल पर और जाते हैं मेन प्रोफाइल पर अपनी प्रोफाइल पर कितना फॉर्ड हुआ है तो देखिए अपनी प्रोफाइल पर गए और देखिए कि यहाँ कितना रिक्वेस्ट आया तीन फॉलोअ भाई तीन पोपल पर मतलब पब्लिक हुआ है और देखिए कि अपनी फ्रेंड रिक्वेस्टल पर चलते हैं कितना लोग रिक्वेस्ट भेजे हैं तो चार लोग रिक्वेस्ट भेजे हैं जिनमें से एक पहले था जो कि हम फॉलो ऑप्शन ऑन नहीं किए थे अब आप फॉलो ऑप्शन ऑन कर दिए तो तीन रिक्वेस्ट आए जो तीनों फॉलो में बदल गया तो फाइनली दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और अगला वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस इतना सपोर्ट